प्यार तेरा महसूस कर तू सीने में तेरे उतरा हूँ चूके मुझे तू पहचान लेगा लम्हा तेरा ही गुजरा हूं मैं आंखों में तेरे